एक नगरी में लोग संसारियो सचो गरी बात होना सब ध्यान महादेव जीरी हरिओम सब शंकर भगत रि हरिओम पार्वती रि सब महादेव रे प्रताप हुए सब देवी देवता रे प्रताप हुए ईश्वर भगवान रे प्रताप हुए सब देवी देवता रे बात होना ध्यान लगा एक नगरी में पिताजी आ कोने पिताजी पिता आ ना एक बेठो एक बेटो जन कहो के माँ हूं जाऊँ घड़ी नौकरी माते नौकरी करूँ थारे के खर्ची आया बेचबो करूं मैं थूथार खाजी तो जापरोटा जन बो तो आप नौकरी मैं कटी बनी मज नियो हेटो रे बी नौकरी की बारह साल बारह साल पर बारह साल, साल नौकरी कि नहीं बारह साल नौकरी ना कि आप रुपया माप घर सेना लाती घर सलाना लावती बाप रे पइयो तो धर्म धर्मपुर में लगावती कोई साथ बो मनावतो तो बो देती कोई फेरी फोरकड़ा तो, तो या फिर गाती बहन वाणी आवती बने गह करती पै जगह आप जगो जगह धर्मे वह लगावती धर्म लगाते लगाते बारह साल बीत गई बारह साल बीती जन वो बेटो गिरी गिरी आयो जनों जन हेठों खन आप पीजा लेन ऐसा बीजो करा गिरी आयो हेठ मूजाउ में बारह साल हुई गिरी एन पासो मारो घर पौनी हम्भाल फसांग पासो पास तो बारह साल बेटो गिरे गिरे आयो कहे कोटकी में बैठी थू कोई भाई जा थे मारो झोंपड़ा वो मांडिया नी तो कि बेटा तो के मारे तो कने आ जगह बेटू तो दीना तो दीनामा तो के भाई मारे कन्हो तो कउटा कोनी जो कोई क कोई हेठ आदमी हो जो रुपया ले गया हेठ राजा मार तो तो नाम बीजो नाम बीजो तो माए मैं बतायो बेटा रे बतायो को नी। तो के मैं के मैं कीर बारह साल कमायो बारह साल कमायो जो कोई आज तो पांच रुपया को नहीं तो के भाई मैं करो मारकनू तो ले गया दू कट जन बेठे कह योग बुझो के, के, के कोई बेदी बेह तो बेदी बुझो जो को के पलती टीपन कोई पड़ती हम टीपण जवाओ जन वो गो बो आप हाण बुझ नु तो बुझे आप घर बहार निकलियो गे गोंद रे गोमरे गूंदरे पेपड़ उ फीपड़ कंकर पेपड़ बोली तूर जावे रे भाई तो के भाई हूं तो मार जाऊ के समझ तो नहीं।, मा तो कुण, नहीं तो बुज नही मारे में गेरे गमे गोद रे उ तो पी नीली उभ तो मारी बड़ी ले नई तो भाई तारी ली आऊ कई कोते करते बो धके गो धके गो कई राजा रेल सेणीजे तो मेल मेहल शेणीजे तो दिन दिन तो मेल मैल सेणीजे रात पड़े मैल डूलो कारीग्रही करीग मैल तो डूज दिन पास आवे मेहल तो हे धूड़ बीड़ो पड़ियो जन बहन बेचारिना मेल के डूर जावे आ सस महीना शेण तो ने कर कौन सी को तो बो राजा विचार बे जावेटो रुकियो पानी है, जनो कह तू जावे भाई थो कॉम रोके पलन पलन गो जाऊ के मारे के, कोई के हेने समझने बुजार तो कह बुझ तो मारी मा कर मैल छीणीजे मैल पड़ जाए बो कहूतरे हूं मार उतर ले नही तो ली आऊ धके गो धके गो भले ही राजा घर आ तो राजा जटे गट पानी बीजो रोटी मिलती दूध ठो मिलती कोई मैं तो हेंग राजा नहीं तो मेहनत रोकते राजा बेनोड़ रोको तो राजा कहू खेत बीजो तो राजा मेरे तो खरता तो अगियार खरता तीज पाती में चलो दो पाती तो करसनि होती एक पाँती राजा रही होती तो बे खूंता जाता को भरता तो जटी राजा हो तो बन चाहिए मिलते तो कर सही उब रेत जन बहुजा राजा घर उजार घर उ घोड़ा बीजा बाग बगीचा हे घर घरी धन माल कई कमी नहीं कई कमी नहीं जन कहीं भाई थे बी पा जाए रोट जीवाई तो हूं तो जाऊ के के, दके के मारे के कोई बुझने बुझने कोई तो चलो भाई जावे समझे को मारे हे घोड़ा मोड़ो है धके बाजरी रूंडो भरूडो गहू पड़िया दाल पड़ी सेणरी गुस्सो है फलगटी है पालो है सब सहीज न कोई हाजर पड़िय सरे सरे कोनी थक गयो उबोई मारे उतर बुझने क्यों को सरे न। तो के बुझना, बोता आप धगे बो गो कह धग्य धगे गो कहो भगवान महाराज बैठा भगवान महाराज आप बंगो भे की नोड़ो नो रनरी बैठा के वो पाड़ ने को के जो वो पार करो निकल डूबो नो भाई मु तो कई टोड़े मारे तो बाबज थी हैमजना बूझू थी पलती दो थो नही जाऊ फिर पासो तो तू तो बोल के कह बूझ नारे तो मैं बारह साल कमायो चकेरा के मारे गए तारी प्या बीजा मारी मां के नहीं तो मारबण नहीं पैर कई बड़े पासो थू थे घरे जाए जड़े बो पे तो पिंजरे तो थारो आती घर आई आई ते हेंग थारा थे मलजी थू तारे जासो कौन पासो बड़गे बड़ी वो हागी घोड़ाले घोड़ाले राजार राजार गयो हो के जी। के बो हो के बोलियो राजा तो थोड़े घोड़ो असवार मे असवार सवार सरपी करे न थोड़े असवार तो के, के, के, तो के आप सारी ले दो खावे हेंग करें राजा कह रहे के भाई घोड़ो के पर जो थाने थो असवारोड़ दौर मोड़ो कोई कमी कहीं को घोड़ो आप थी ले जाओ के बीने दिने रो बिने दि आप घोड़ेसाड़ आप पिलाण पीतलियो रो घोड़ेसर रके आयो राजा मेहल शेणीज बिने घो घरे आनुरी घोड़ो लेकिन थारे थारी थोड़ी किनना दो पस मैल सेणाज थारो मेल, मेल डोड़े कदय नहीं जनो राजा मन में विचारे किनिय परि जावते तो राजपूते तो कर तो। आप रोको रोग आल लीला बॉश वॉँशा बाकी आपना दीन पन्ना दीन रतपाल का जोत पटोरवा ने कर दीना रमान आप दूल गई पाल कान घोड़ो आप दू पड़ती दी जगी सुधर तो हमने तीजोड़ी है पड़ती पीपड़ी जग फी पड़ी देस जान जाने पीपड़ी गाय के पीपड़ी थू मारी बहन के थारे होनेरा मरू है होनेर बे सरु, हो हो सरु कोई ले तो के लीली हरियाल पानी में जावे भाई तू लीली वेकू नही चलो पीपड़ी बोली बेरकी भाई साहब सरु थे काढ़ लो हूं किने लोक जाऊ कि बोला जाऊ हूं झाड़ू पीपल हूँ मारो पीपल जमा जो जाए थी सरुग थी के बेन ढोड़ आप घोड़े उतर सरू सरुअ ली ना तो रा ले सरुणे रे रणिरा रथ तो नाप दो रो गे क्या भाई फला फल राजा रो के दड़को आए जो पढ़नी जो प्या कर नियो चलो बंठौ कहो तो डॉगरी ने आपरे बे नाटा आये, कोई हम साथ दिन आये, के भाई थोर है ले है कोई तो दिन अपने धके बेटो आने रोनीसा लेना चलो कह अरे मारो बेटो रोणिसोगरी तो बा आप देखी ए तो दी बिने पर सब चीजों चेना आप ढोल थाली भजाया बजाया है या है गजा गुलाब तो साजावीडोम बदा बीन ना भीन बहुत गिरेली गिरेली कह बेटा के बढ़ती दे थी गो तो मैं तो भगवान महाराज मिलियो भगवान महाराज गये सब सी जरा थारे थाट हैंगड़े तो मैं सीज तो पेटी मेलिया तो मदीज रूप नही मिलते तो। थे आत उतर दी नो तो मारे करमरी रेको मतरे कमो बेटा रे हंतोड़ो कदम नहीं हो तो बाप कमावे बेटो हंते खानो कदी नहीं खान जनो मा कहो रे कि बेटा कमायो तो भूत लाडक मारे भले ही कम तो रे रामजी रे दिनोडा महादेव जी रे दीनौा अंध मंगड़े सब दुनिया ने माँ ने बेटे ने तुटज सब नहीं तुट